नमस्ते मैं हूँ आपका दोस्त किशोर एक बार फिर से मैं अपने आर्ट चैनल में करता हूँ आपका स्वागत है। इस वीडियो का जब बना रहा हूँ अभी ये रोज रोज वोट ये बनाने का जो तरीका है वो मैं पहले आपके डिस्क्रिप्सन में इसका लिंक डाल चुका हूँ इसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं और अभी जो बना रहा हूँ इसका लास्ट फाइनल टचिंग के हिसाब से बना रहा हूँ फ़ाइनल टचिंग भी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें एक गलती की थी इसे बनाने के बाद में मैंने इसे वार्निश में किया था वार्निश मैंने जो कॉटन कपड़ा आता है कॉटन कपड़े में रेड कलर का कपड़ा यूज़ कर लिया था इसलिए ये रेड कुछ अधिकतर रेड रेड सा हो गया था इसका बिखराओ मैंने कलर के हिसाब से अब सेट करने जा रहा हूँ वापस इसीलिए ना इसी वीडियो को बनाने का मेरा ही था कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें कुछ नया आइडिया भी थे जो कि इस पेंटिंग के जरिए मैं शो करूँ उस पेंटिंग को बनाने का मेरा मकसद ही था कि पेंटिंग भी कुछ हाईलाइट हो जाए और ये उस लगाने के हिसाब से लास्ट फाइनल टचिंग के हिसाब से कंप्लीट हो जाए ताकि मैं इसे अब ग्रह सज्जा के हिसाब से मैं लगा सकूँ इसे तो आप फाइनल इस वीडियो के ऊपर बने रहेंगे और इस वीडियो में जो भी कर रहा हूँ वो आप लोगों तक आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे थैंक यू सो मच आउटलाइन थी जो कि अब थोड़ी थोड़ी डार्क और वापस कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही डल हो चुकी थी इसलिए अब मैं आउटलाइन वापस कर रहा हूँ और वापस जो भी हाईलाइट का शो है उस हाई लाइट का शो को मैं अब दोबारा बनाने जा रहा हूँ तो आप अब इस तरह की पेंटिंग के हिसाब से जैसी जैसी पेंटिंग बनती जा रही है उस हिसाब से आप समझ भी पा रहे होंगे कि इस क्या क्या करने जा रहा हूँ चैनल पर आप अगर नए हो तो पुराने वीडियोज़ का आप एक बार विज़िट जरूर कीजिएगा हर तरह के आपको वेडिंग भी जाएगी उसमें पोट्रेट पेंटिंग से लेकर आपको हर तरह से फूल फ्लावर पेंटिंग आसान पेंटिंग वेडिंग पेंटिंग हर तरह की पेंटिंग आपको मिल जाएगी एक बार चैनल पर वीडिट जरूर कीजिएगा और जो आपका गोल्डन या ब्रॉच बोर्ड बन तैयार होगा उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा मैंने शुरुआत में ही बता दिया था वैसे भी लेकिन जो बनाने का तरीका है वो आसान से आसान इस्टेप में मैंने इसे बनाया है ताकि आप हर हर आदमी को या हर पेंटर भाई को यह समझ में आ पाए कि, कि किस तरह से रोज पोट बनाया जाता है ये वैसे टेंपल पेंटिंग के हिसाब से सेट होते हैं लेकिन पीछे का बैकग्राउंड मैंने वुड टेक्सचर में दिया है वुड टेक्सचर पर क्या अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके आप अपनी राय रख सकते हैं अगर मैं इस तरह से वीडियो किस तरह के आपके हिसाब से समझ के हिसाब से लेके आऊँ उस तरह की आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय रख सकते हैं ताकि मैं उस तरह की वीडियो आपके लिए बना पाऊँ आपके सामने स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है आप अपनी राय दे सकते हैं अगर आप चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए आइकन जरूर प्रेस कर ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तो पहले पहुंच जाए मेरे हिसाब से यह बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके हिसाब से कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर रखी कौन कौन से कलर यूज़ किए हैं इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी रखी है उसमें वीडियो पर बने रहने के लिए आपका तय दिल से बहुत बहुत आभार आशा करता हूँ आगे भी बने रहेंगे